यहाँ पर साइन ए प्लस कोश स्क्वायर ए प्लस कोश ए प्लस एक ए, ए बराबर हमको प्रूव करना है यानी सत्यापित करना है सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए चलते हैं आर बराबर साइन ए प्लस कोश ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस प्लस से का स्क्वायर अब हमको बनाना है साइन ए प्लस कोशेक स्क्वायर का फार्मूला यानी ए प्लस बी का होली स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोशेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसे एन एन टू कोशेक ए साँग प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस से स्क्वायर ए क्योंकि यहां पर भी कोस प्लस से स्क्वायर ए यानी ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है तो कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए इंटू श अब यहाँ पर आएंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक बराबर वो वन होता है टू गुने वन प्लस अब से के स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वास स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू से के बराबर वन होता है गुने वन अब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सी के स्क्वायर ए के स्क्वायर ए प्लस कोसे के स्क्वायर कोसे के स्क्वायर यहाँ पर है कोसे कोसे के स्क्वायर ए कोसे के स्क्वायर प्लस टू में एक से गुना करेंगे दो हो जाएगा प्लस फिर टू में एक से गुना करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा हो गया अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोश स्क्वायर बराबर वन होता है प्लस शे के स्क्वायर ए प्लस कोसे के स्क्वायर ए प्लस फोर बराबर फाइव प्लस फोर आई फाइव फाइव प्लस अब से स्क्वायर का हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोसे के स्क्वायर का होता है वन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस फोर यहाँ पर फोर नहीं हो ऐसे ही पहले ही जुड़ा गया है फाइव सिक्स और सेवन सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आर प्रूव्ड यानी सत्यापित हो गया आंसर यही हो